जिस तरह तो तुम मुझे बोलती थी नहीं आने को मुझे तो लगा था तेरा घर बुरा होगा अरे कौन सहेली सहेली पहली बार आई खाने पीने देगी अरे नहीं तुम तो लोग चल अरे अभी कहा लेट हो रहा है समय क्या हो रहा है अरे आंटी घड़ी तो उधर लगी है अरे बेटा वो क्या है ना वो चौकड़ी खड़ी है मुझे समझ नहीं आती है ओ फिफ्टीन हो रहा है अब ये क्या होता है क्या आप तो क्या फर्क पड़ता है चलना चलते स्कूल तो जाना है डाउन। अरे बेटा तुम्हारे बस आने का टाइम ना जब सूरज खिड़की पे आता है तभी होता है oh, no. सूरज सूरज कौन हमारा वॉचमैन या तो कचरा वाला अरे नहीं बेटा सूरज ना वो जो आसमान से निकलता है ओ सॉरी और पानी लेकर आ सकते हो क्या मेरे लिए प्लीज हाँ बेटा ले ले ले बेटा पानी ले तेरा जल्दी जल्दी ना लेट हो रहा है अरे कहा लेट हो रहा है अभी सूरज है खिड़की पे <laughs> ए, वो तो। ये ले बेटा। और ये पानी। इस बेटा, तुमने ही तो बोला ना ये साड़ी और पानी <laughs> अरे आंटी मेरे मतलब साड़ी नहीं था मैंने सॉरी बोला था मतलब मैं माफी मांग रही थी क्योंकि मुझे लगा आप सूरज वॉचमैन को बोल रहे थे अच्छा ये लोग मम्मी आपके साथ इतना काम कर हम लोग को बहुत देर हो रही है चलो चल जाए ना स्कूल ये लीजिए आँधी चलो बाय खाना खा लो नहीं खाना मुझे अब जाओ यहाँ से अरे पर हुआ क्या जब से स्कूल से आई है शाम से रात हो गई ना बात ना चीत गुस्से में ही बैठी है।, है।, है कितनी बार गाय मेरे सहेल के माँ बाप पढ़े लिखे है वेल एजुकेटेड है और आप तो अनपढ़ कुछ भी नहीं आता है आपको सॉरी को आप सारी मतलब तो ये कौन करते हैं मम्मी यार पूरी बेजती हो जाती है पता है आपके वजह से पूरा दिन क्लास में मेरा मजाक उड़ा रहे थे सब लोग ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया मतलब क्या पूरी क्लास में मेरी बेजती हो गई या आपके वजह से वो भी? अब आई तो उसका भी आते भी है ना तब अब किचन में काम करेगा बट वहाँ पे नहीं आने का हम लोग सब दोस्त है अच्छा ठीक है बाबा आगे ऐसी मैंने सोचा तेरी सहेली है अगर उसको पानी वानी नहीं पिलाया तो उसको बुरा लगेगा बुरा लगेगा जो मेरी क्लास पूरी इंसल्ट होगी उसका मुझे नहीं बुरा लगेगा ठीक है बाबा आगे से ध्यान रखूंगी अभी तो खाना खा ले आप जाओ, में में कुछ करते नहीं आने का इतना, मुझे अपना काम करने का आपकी आप वजह से मेरी बेजती हो जाती है कितनी बार कहा है का मेरे सहेला के माँ बाप पढ़े लिखे हैं वेल एजुकेटेड हैं, और आप तो अनपढ़ हो। अब आई भी भी है है, तो दोस्त हैं करती हूँ तो हम लोग स्कूल में तो वैसे ही मिलने वाले थे ना हाँ पता है मेरी मम्मा ने भी सेम ही चीज़ कहा था कि मैं तुझसे तो की स्कूल में लेकिन तू मेरा फोन कॉल इग्नोर कर रही थी तो मैं से तुछ से तुछ से पहले मिल लूं। Hi, आंटी नमस्ते बेटा ये लोग मैं आज बिना बोले ही, पानी लेके आई बिना गलती किए हुए आंटी अब तैयार नहीं हूँ अभी तक मैं क्यूँ तैयार हूँ बेटा आज पेरेंट टीचर्स डे मीटिंग है ना सबके पेरेंट्स आ रहे है मेरी मम्मा भी आ रही है आप नहीं आ रहे ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं क्यों क्यूँ आयु अरे मैं आपको आने की क्या जरूरत है सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं आपको तो इंग्लिश की ई भी नहीं आती है मैं क्या करूँ बेटा हमारे समय में अंग्रेजी पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था और मेरे बाबू शहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे तुम तो मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हो प्रिंसिपल जो समझाएंगे वो तो आपको समझ आने वाला नहीं है तो चुपचाप घर पे बैठे रहो तो क्या हुआ बेटा मैं हिंदी में बात कर लूंगी ना टीचर ऐसी तो बेजती करा दी है और पूरे स्कूल में बेजती कराने का शौक है क्या अरे आई लेकिन आंटी तुम तो, तो आना ही पड़ेगा ना याद है न पिछली बार पेरेंट टीचर डे मीटिंग में जब तेरी मम्मा नहीं आई थी तो क्या हुआ था क्या हुआ था बेटा अरे आंटी आई को पचास उठक बैठक कराए थे तो क्या हुआ इस बात कर लूंगी अपनी पर के वजह से से पूरा साल इंसर्ट तो तो मैं 50 अप कर स्कूल चल, तो चल बना के पास रहे। अरे मम्मी आ, आ गई कहा धनिया आने को फिर भी आ जाती है आ गई पूरा तो इंसल्ट कराना You yes yes teacher mother। मदर वो यू एक्चुअली नो नो टीचर माई तबीयत इज नॉट खराब मई इंग्लिश इज खराब मैं हिंदी में बात करती हूँ ना इसके लिए मुझे नहीं ले आती meeting है मुझे इंग्लिस नहीं आती है लेकिन teacher मैं बहुत अच्छे से इसका ध्यान रख सकती हूँ अपने घर को चला सकती हूँ जैसे सभी औरतें करती हैं वैसे मैं भी कर सकती हूँ मैं हिंदी में सिर्फ बात करती हूँ इसके लिए ना इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है टीचर मैं इसको टाइम टाइम से खिलाना टाइम से पढ़ने के लिए बैठाना इसको स्कूल के एग्जाम के टाइम में क्या देना है क्या नहीं देना मैं पूरा ध्यान रखती हूँ टीचर वेरी गुड मदर एंड आपको इंग्लिश बोला नहीं आता तो क्या हुआ आप तो एटलीस्ट पढ़ी लिखी है मेरे पैर तो सीधा अंगूठा छापा है लेकिन उनके पास चॉइस भी नहीं थी वो उनकी मजबूरी के वजह से है आयुष का, हमारे पेरेंट्स की काबिलियत तो उनकी पढ़ाई से नहीं बल्कि उनके स्वभाव उनके परवरिश उनके नेचर से देखी जाती है एंड एज एन एंड तो मैं प्राउड होना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है एंड उसके बारे में ashamed नहीं रहना चाहिए सॉरी टीचर और उल्टा तुम्हारी माम तो सच्ची कह रही थी उनको सब पता है जो आज हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बताने वाले थे और उल्टा वो तो बाकी नए टीचर और तो पेरेंट्स को गाइड भी कर सकती हैं माँ मुझे बहुत दुख है कि मैं आज तक को एक भी पैरेंटर मीटिंग में नहीं आई। और माँ मुझे समझ आ गया है कि इंग्लिश बोलने या पढ़ने से कुछ नहीं होता है हिंदी भाषा भी एक इंसान को वही नॉलेज देती है जो इंग्लिश भाषा देती है हमें बस उसे अपनाने की ज़रूरत है उसे समझने की ज़रूरत है मेरी अनपढ़ गंवार नहीं है मेरी उतनी समझदार है जितनी कोई इंग्लिश स्पीकिंग लेडी होगी अच्छी बात है आज तो हिंदी दिवस है तो आज हम हिंदी भाषा की इम्पोर्टेंस सीख गए हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है हमें उस बात से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए बल्कि उस बात का गर्व होना चाहिए जय हिंद